एमपी के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि बनी बनाई सरकार नहीं चला पाने वाली कांग्रेस ही अब सरकार बनाने के ख्याली पुलाव पका रही है कांग्रेस के नए साल में नई सरकार कैंपेन पर गृह मंत्री मिश्रा ने हल्ला बोला और कहा कमलनाथ जी जो खुद गले पर बैठे है उनको लगता है की उन्हें दूसरों ऐसी गल करने की जरूरत नहीं है बनी बनाई सरकार नहीं चला पाने वाली कांग्रेस अब सरकार बनाने के खयाली पुलाव पका रही है अब खुद गल्ले पर बैठे है वो इसलिए कार्यकर्ताओं से को कोई गल करने की उन्हें जरूरत ही नहीं है एक तरफा खुद को मुख्यमंत्री बना लिया स्वयं बन गए मुख्यमंत्री अब कांग्रेस की लोकतंत्र की बदहाली इससे ज्यादा क्या होगी कि अभी हाथ जोड़ो अभियान प्रारंभ करने की बात आ रही थी और उनने अपना हाथ जगन्नाथ खुद ही बता दिया कमलनाथ जी ने मिश्रा ने कहा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी ये बताएं कि बिहार में शराब बंदी है तो लोगों को शराब कहां से मिली उन्होंने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा राहुल बाबा जैसे आलू से सोना नहीं बनता वैसे ही मोहब्बत किसी दुकान पर नहीं मिलती आलू से सोना नहीं बनता ना राहुल बाबा वैसे ही मोहब्बत किसी दुकान पर कभी नहीं मिलती आप जो मोहब्बत का पैगाम देने की बात कर रहे हो उसके पहले आप जो जो साथ में अपने लेके चल रहे हो ना शोरूम